आप, आप सबके सब बीच, बीच में एक सोहर तबले पे मेरे साथ आदित्य, आदित्य पाठक जी।, जी और जोड़ी पे हनुमान यादव कहा जन में ले राम कहा कन्हैया जन्म में हो कहावा ही जन्म ले रामवा तो कन्ैया जन्म में हो कहा कन्ैया जन्म में कहा कन्हैया जन्म में हो ललना कहाँ ही जन में गणेशनो घर व सु ललना कहाँ जनो मैगणे तर हरवा सुहाँव जना में ले तो कहाँ कन्ैया जन्म में हु कहाँ वहीं जना में ले राम कन्हैया जन्म में कहां कौन कन्हैया जम में हो दादा कहाँ वही जान मैं में गणेशो हरवा सु दादा कहाँवा जान मैं गणेश तिलो हरवा सुह कौशल्या के जन्म में ले राम त देवा की कन्ैया जन्म में दे कि कन्ैया जन्म में हु कौशल के जन्म में ले रामा तेवा की कन्ैया जन्म में दे कि कन्हैया जन्म ला पर्वत पे जन में गणेशनों घरवा सुना पर्वत पे जन में गणेशनों धरवा सुर हो कन्ह भैया जन्म में कहा कन्ैया जन्म में हो, ही जाना।, कौन हो। ला ला ला काँगा। काँगा ही जाना में ले राम कहा में हो ललना कहाँवा जाना में गणेशनों करवा मंग के खा जन में गणेश चतनो हरवा मंगल अयोधा में चना तो तो में ले राम कन्हैया जन्म में हो तो अयोधा तो तो तो में चना में ले रामा कन्हैया जन्म में हो अयोध्या में चना में ले राम कौन कन्हैया में हो ललना पर्वत पे जन में गणेशनों धरवा मंगल हो ललना पर्वत पे जन में मंगल हो धरवा हम्डल जान भैया जन्म में कहा कन्ह भैया जन्म में हो कहा ही जाना में ले तहावा कन् भैया जन्म में हो ए ला ला ना ही जाना में गणेश तीनों हर ना कहाँ मी जन में गणेश सतन हर मंगल हो ना कहाँ मही जन में गणेश सतल हर मंगल हो ना कहाँ ही जन में गणेश सतो हो